नहीं है अभी मेरे से। वाकिफ नहीं नहीं है है तू अभी अभी मेरे मेरे से से से नहला दूंगा तुझको तेरे ही खून सुन, सुन सुन सुन बेटा मेरी री तरह पंगा लिया तूने मुझसे सजा तुझे कुछ इस तरह नाक पे गुस्सा तरी ग के तेरी कोनी आज हॉकी से पिट पिट पाड़ो तेरा पूरा से बेटा थाने में रिपोर्ट लिखवाएगा तो भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा बेटा थाने में रिपोर्ट लिखवाएगा तो भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा जहाँ तो जाएगा वहाँ मेरा नाम लेते ही सामने वाला खड़ा हो जाएगा ध्यान से सुन जैसे बंदे मजे मुझसे पंगा बेटा पड़ेगा तो वो भी बनारी, बनारी। फितरत हमारी है ऐसी रखते हम किसी से बैर नहीं फिर भी बंगाल हमसे बेटा अब तो तेरी खैर